गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ फैसन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बताएंगे कि थ्री डार्ट ब्लाउज किस तरह से कट करते हैं जिसका शोल्डर हमेशा लोगों को कुछ शिकायत होता है कि यहाँ पे लूज आता है या फिर इधर को नीचे की ओर को स्लिप होता है तो किस तरह से हम कटिंग करें जो हमारा कप साइज है वो बहुत अच्छा है और फिटिंग जबरदस्त है तो हम आज बताएँगे और सिखाएंगे आपको किस तरह से आप ये ब्लाउज कट करें यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त आपकी कटिंग और फिटिंग आने वाली है तो चलिए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे एक निशान इस तरह से पूरा लगा लेंगे हम उसके बाद में हमारा लंबाई कितना है 15 इंच है तो एक निशान 15 इंच पे दे देंगे और चेस्ट लाइन के लिए जो की लाइन है पे पे 6 इंच निशान निशान लगा देंगे. अब हमें इस निशान को हमें इस को सीधा कर लेना है इस तरह से और इसको भी हम सीधा कर लेंगे तो इसके नीचे हमें हाफ इंच का मालिंग दे देंगे के लिए अब हमारा जो शोल्डर है 15 इंच हम 15 इंच को सेवन एंड हाफ में एक निशान दे देंगे हमारा जो नेक जो हमारा नेक डीप होता है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर को कम किया जाता है मेरा जो नेक डीप है वो नाइन एंड हाफ है तो मैं यहाँ से ढाई इंच इसको कम करेंगे शोल्डर से घर को ढाई इंच कम करेंगे आप अगर इस तरह से कम करते हैं, तो यकीन मानो कभी भी आपका शोल्डर स्लिप नहीं आएगा और ना ही ऊपर की तरफ को जो लूस आता है वो लूज नहीं आएगा तो इस तरह से ये मेरा दाई इसमें मैंने माइनस किया तो यहाँ 10 इंच बचा शोल्डर तीढ़ा 10 इंच बचा अब हमारा जो फिनिश शोल्डर है जो कंधी जो कम्प्लीट जो रहना है वो 2 इंच रहना है तो दो इंच में एक मार्क दे देंगे उसके बाद हम इस निशान को सीधा एक निशान दे देंगे इस तरह से सीधा दे देंगे अब हमें क्या करना है जो हमारा चेस्ट है वो 36 इंच है तो उसका चौथाई भाग लगाएंगे तो मेरा ये 9 इंच आ गया मैं इस पर एक मार्क दे दूंगा इसी तरह से जो हमारा वेस्ट है वो थर्टी इंच है तो हम 7 एंड हाफ में एक निशान दे देंगे उसके बाद में यहाँ बैक में एक डांट देना है तो डांट के लिए हम यहाँ पे पॉइंट सेवन फाइव इंच का एक निशान दे देंगे अब हमें इस निशान से और इस निशान तक हमें सीधा निशान लगा लेना है देखिए इधर मार्जिन के लिए भी एक निशान दे देंगे ये दोनों निशान हो गए अब हमारा जो नेक डीप है वो नाइन एट हाफ है वहां पर हम एक निशान लगा लेंगे तरह से और ये इस तरह से यहाँ पे उन्हें तीन इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे सवा तीन इंच रखेंगे यानी हाफ इंच नीचे की तरफ वाइड रखेंगे ने इसक को यह। अभी यहाँ का शेप आप कब की मदद से भी दे सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं अगर इस तरह का राउंड रखना है तो हाथ से ले स्केल से दे दो वरना मैं तो हाथ से ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा शेप आता है अब हमें हमारा जो आम होल सिक्सटीन इंच था उसका उसमें एक इंच प्लस करेंगे तो 17 होगा तो इस तरह से हमें 17 इंच पे भी एक निशान लगाना होता है क्या तो करेंगे स्केल की मदद से इस तरह से स्केल को हम कर को इस तरह से बिठा लेंगे उसके बाद में निशान लगा देंगे ये देखेंगे एट एंड हाफ आ रहा है यानी 100 सूट ज्यादा है तो यहां से कवर हो जाएगा। अभी ये देखिए से आपकी पूरा एट एंड हाफ आ गया अभी ये अब यहाँ बैक्टी टक डालना है तो बैक्टी टक डालने के लिए हमें हाफ निकाल लेना है इसका जो भाग है इसका हाफ निकाल लेना है और यहां से जो डाट डालेंगे मैं इसकी फोर एंड हाफ में डालूंगा इसका हाफ निकाल लिया फिर इसको यहां से सीधा कर देंगे अब हमें ये देखना है ये जो हमने पौन इंच का जो मार्जिंग दिया था तो हमें यहां पे ये जो डाट है इसके अंदर एडजस्ट करना है तो ये मेरा पौन इंच का मार्किंग है के अंदर हम इसको मिला देंगे इस तरह से पूरा एडजस्ट कर लेंगे अभी हमें क्या है सीधा तो हमेशा सब लोग काटते हैं लेकिन सीधा नहीं काटना है इसको यहाँ एन स्क्वायर इसकी आम की मदद से एक शेप देना है ये अच्छा सा शेप देना है यहां भी देना है और यहाँ भी देना है एक शेप देना है अब हमें यहाँ तो मार्जिंग हो गया डर हो गया देन यहाँ पे एक पैर का यानी जितना सिलाई लेते हैं एक चॉप का उतना हमें मार्जिंग देके कट करना होगा और यहाँ पे सिर्फ एक पे जितना हमें सिलाई के लिए लेना होता है तो अब हम इसको कट करेंगे कट करने के लिए ऊपर इधर निशान है, और यहाँ है कितना मार्जिन हमें सिलाई के लिए लेना है और में उतना हम मार्जिन देते हुए इसको कट कर लेंगे इस तरह से तो इसको हम शेप में कट कर लेंगे। ये कट हो गया। इसी तरह हम इसका बैट भी कट कर लेंगे अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो तरह तरह से इसको भी कट कर लेंगे लेंगे पे नोचिस लगा देंगे मार के के लिए की इसका नीचे भाग में भी कुटका लगा देंगे और यहाँ अब अभी टक को हम बैठा के दिखाएंगे आपको इस तरह से देखना ये ये ये ये में में आ जाएगी और ये जो जो शेप शेप आया है है है ना ना थोड़ा निकल रहा था काट दिया अभी बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है। बैक में कभी भी हमारी बैक इस तरह से अगर कर करेंगे तो लूज नहीं होएगी लूज नहीं होएगी और इस तरह से करेंगे तो ये बैग लूज नहीं होगी इस तरह से ये डांट डालेंगे तो ये हमारी बैग कट गई है इस तरह से हम डाट डालेंगे और ये शेप में कट करेंगे तो बहुत अच्छी आने वाली है यहाँ पे हमें मार्चिंग देख के कट करना होता है इधर और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो आप कटिंग करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा इसीलिए और ड्रेसिंग व्हील की मदद से इसमें पूरा हम इस तरह से निशान फाड़ लेंगे